छतरपुर के उजरा में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक कट्टा लहराते हुए लोगों को धमकाने लगा युवक का कट्टा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है उजरा में जमीन विवाद के कारण एक पक्ष के लोगों ने पहले घर में घुसकर मारपीट की जिसके बाद दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी इसी बीच ग्रामीणों ने बीच बचाव किया और पुलिस को सूचना दे दी गढ़ी मलेरा थाना पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है पुलिस अब पूरे मामले की विवेचना कर रही है ये ग्राम मुजरा का है जो वीडियो आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ये इस वीडियो में जो थाना प्रभारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि कुशवाहा समाज के ही कुछ व्यक्ति आपस में पुरानी कुछ लड़ाई को लेकर के विवाद कर रहे थे और उसमें से कोई व्यक्ति उसके हाथ में कट्ठा भी दिख रहा था वीडियो में इसमें एफ आई कर ली गई है